फ्रेंड्स पैसा जो हर कोई कमाना चाहता है हर कोई पैसा कमा भी लेता है कोई ज्यादा कमा लेता है तो कोई थोड़ा कम कमा पाता है लेकिन इतना पैसा हर कोई कमा लेता है जिससे वो अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके चाहे इसके बदले उसे कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़े मगर दोस्तों सवाल ये है कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है आप पैसे को कितना इम्पोर्टेंट मानते हो क्या आप पैसे को अपनी पूरी जिंदगी मानते हो या जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा मानते हो और आपके जीवन में पैसा कमाने की वजह क्या है मेरे हिसाब ऐसी तो दोस्तों आप सभी पैसों को अपनी जिंदगी नहीं बस जिंदगी खुशी ऐसी जीने का एक सोर्स मानते हो लेकिन आजकल के समाज में लोग पैसे को अलग अलग नजरिए ऐसी देखते हैं कभी भी जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर पैसा कमाने की मत सोचना वो इतना कमा रहा है तो मैं उससे ज्यादा कमाऊंगा या वो आप ऐसी कम कमाना है तो खुद को उससे बड़ा समझना कहने का मतलब ये है कि पैसे को अपने जीवन का एक पार्ट रखो उसमें डूब मत जाओ क्योंकि उससे बढ़ बहुत सी चीजें हैं बहुत सी ऐसी खुशियां हैं जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते पैसे का इस्तेमाल सिर्फ सामान को खरीदने में करें। जब हम लोगों को पैसों का रोक दिखाने लगते हैं तब से हमारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी होती है क्योंकि पैसा हमारे जेब से, हमारे दिमाग में घुस चुका होता है तो दोस्तों कभी भी पैसा दिखावे के लिए मत कमाओ ध्यान रखना ये दुनिया ही ऐसी है जिसमे अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है तो लोग कहेंगे की पैसे के लिए मरा जाना है अगर मेहनत ना करे तो कहेंगे निकट टू कोई काम धुंदा नहीं करता बस घूमता फिरता रहता है फेसबुक चलाता रहता है इंस्टाग्राम चलाता रहता है बेलता है और अगर कोई पैसा खर्च करता है तो उससे कहेंगे कि पैसे ही उड़ाता रहता है बेजूल खर्ची करता है दिखावा करता है बहुत पैसा इसके पास और अगर पैसा खर्च न करे तो कहेंगे की बहुत कंफ्यूज है हर टाइम तो पैसा बचाता है इससे दो रूपए भी खर्च नहीं होते अगर आपके पास पैसा ज्यादा है आपने कड़ी मेहनत करके कमाया है तो कहेंगे कि दो नंबर का होगा जरूर कुछ उल्टा काम की और अगर आपके पास पैसा कम होगा तो कहेंगे कि थोड़ी बहुत अगर अकल चलाता थोड़ी बहुत अगर सूद से काम लेता तो आज इसका ये हाल नहीं होता और अगर जिंदगी कमाओगे पैसा, कमाओ पैसा बचाओगे तो कहेंगे कि जब पैसे का लाभ ही नहीं उठाना था तो इतना पैसा कमाने की तो दोस्तों ये दुनिया ही ऐसी है ये हर चीज में कमियां निकाल लेती है तो कभी भी दुनिया की सोच के पैसा मत कमाओ आप जितना कमा रहे हो जो काम कर रहे हो उसमे खुश रहो और अपने परिवार को भी खुश रखो फिर आप देखना आपको किसी खुशी की तलाश करने की जरूरत नहीं है तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लाइफ में पैसा कितना जरूरी है कितनी अहमियत है पैसों की पैसों की अहमियत रिश्तों की अहमियत से बढ़कर नहीं होती लेकिन दुनिया भर के लोगों की फालतू बातों से तो कई ज्यादा होती है तो आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मतभ और तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करना भी मैं मिलूँगा आपसे एक और वीडियो के साथ